वेलकम बैक टू वीडियो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हैं एक एफला और ए केम की डिटेल कंपैरिजन तो शुरू करते हैं रिकॉल के कंपैरिजन के साथ तो जैसा कि आप देख सकते हैं ए एम की वर्टिकल रिकॉल थोड़ी हाई है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं हाथ से अब ए के की टेस्ट करते हैं उसकी वर्टिकल रिकॉल वैसे ए से ज्यादा हाई है जरा सी हाई है बस लेकिन हॉरिजोंटल रिकॉल बहुत ज्यादा है तो अब हम रिकॉल के लिए AKM को यूज़ करें मिडल और लॉन्ग रेंज फाइट के लिए तो अब आ जाती है बुलेट वेलोसिटी बुलेट वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ द बुलेट मतलब मतलब कब तक बुलेट ट्रैवल करेगी तो हम देख सकते हैं कि AKM और AKF के एफ की बुलेट वेलोसिटी सेम है सरप्राइजिंगली सेवन नाइव मीटर्स पर सेकंड तो अब हम उस कस्टमाइजेशन के साथ बढ़ते हैं कस्टमाइजेशन एक बहुत अच्छा फीचर होता है तो ए अल्फा की कस्टमाइजेशन में हमें एक सप्रेसर मिल जाता है फ्लैट सप्रेशन और डैमेज इंक्रीज होता जाता है लेकिन मसल स्लॉट कम हो जाता है जबकि ए में हमें फोर ग्रप स्लॉट मिल जाता है प्रिकॉशनरी रेल मिल जाती है और फोर ग्रप स्लॉट मिल जाता है जिसमें हम कोई भी वर्टिकल फोर ग्रिप एंड एंगल फोर ग्रप कर सकते हैं और रिकॉल को ईजीली कंट्रोल कर पाएंगे फोर ग्रिप स्लॉट के साथ और आप अब आपता है आपका बुलेट कि कंट्रोल के लिए अटैचमेंट्स और वैसे रिलोडिंग स्पीड अटैचमेंट से बहुत कम हो जाती है और रिकॉल भी तो ए कंसिस्ट करता है वैसे तो ए कंसिस्ट करता है एक फोर ग्रप स्लॉट का जो कि कस्टमाइजेशन पर ही अनलॉक हो सकता है फोर ग्रप स्लॉट वैसे तो जब विदाउट कस्टमाइजेशन तो उसमें मसल का स्लॉट होता है और एक्सटेंडेड मैक का स्लॉट होता है और फिर ak के में मजल का होता है मैगजीन का होता है फोर ग्रिड का स्लॉट होता है विदाउट कस्टमाइजेशन के लेकिन कस्टमाइजेशन पर बसल स्लॉट हट जाता है तो इस वीडियो के लिए सारे कंपेरिजन पूरे हो गए हैं तो उस हिसाब से आपको ak के एफिला यूज़ करनी चाहिए क्लोज रेंज के लिए और AKM ही लॉन्ग रेंज के लिए